गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा हम सभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश में स्वागत करने के लिए आतुर हैं उन्होंने कहा अमित शाह ने कश्मीर और लद्दाख को आजाद किया है उन्होंने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और कहा जेल में बंद कैदियों की एक माह की सजा माफ की जाएगी जन्माष्टमी के मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर जेल पहुंचे जहाँ उन्होंने जन्माष्टमी पर्व की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में केंद्रीय जेल ग्वालियर में कैदियों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी और कृष्ण जन्म की झलकियां दिखाई गईं। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों की एक माह की सजा माफ की जाएगी सजा की माफी में उत्तम आचरण होना और गंभीर अपराधों में संलिप्त नहीं होना जैसी पात्रता एवं नियमों की शर्तें लागू रहेगी इसके साथ ही ग्वालियर जेल को एम्बुलेंस की सौगात कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी आपकी एक माह की सजा माफ करने का अधिकार होना आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के योगी एक माह की सजा को माफ करने की आप एम्बुलेंस नहीं? नहीं? नहीं है नहीं है मैंने बोर्डेंट कहा एम्बुलेंस नहीं है एक एम्बुलेंस बनाओ नहीं हमारा तो, ग़एं तो ग़एं तो ग़एं तो। जो, तो जो की होती है है जो की की उसके बाद सब को भी और कैंटीन वाली सुविधा की जो है ना उसको बेहतर में बेहतर है वहां पहलाने के लिए वास्तविकता तो यही है की से मैं मैं भी हूं। मेरा भी मेरा मन आहत है, भगवान तो के जन्म जेल में हुआ, उनसे प्रार्थना कि जल्दी बहुत बहुत नरोत्तम मिश्रा ने कहा कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था इसलिए हर साल मैं उनके जन्म दिवस पर जेल में रहता हूँ और जन्माष्टमी मनाता हूं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अमित शाह के स्वागत के लिए हम आतुर हैं उन्होंने कश्मीर से धारा तीन हटाई कश्मीर और लद्दाख को फिर आजाद किया जांच एजेंसी के सवाल पर उन्होंने कहा संवैधानिक व्यवस्था में एजेंसियाँ अपना काम कर रही है स्थान बदल जाता है सिर्फ पिछले साल भी जेल में ही मनाया था फर्क ये था की वो भोपाल जेल थी आज मैंने एक माह की कैदियों की सज़ा माफ़ी की घोषणा की है ग्वालियर में एम्बुलेंस की डबल स्टोरी बिल्डिंग की कैंटीन की ये सारी घोषणाएँ आज यहाँ पर कैदियों के लिए की है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था इसलिए उनके चरणों में नमन किया और जन्माष्टमी की प्रदेशवासियों को शुभकामना पलक पाँवड़े बिछा उनके स्वागत की तैयारी है ऐसा व्यक्ति जिसने कश्मीर को पुनः आज़ाद किया तीन सौ सत्तर हटाई हटाई लद्दाख को जिसने आज़ाद किया हो सी ए जो व्यक्ति हमारे माननीय अमित शाह जी के कीर्तमान अनेक जुड़े हुए हैं, ऐसे देश के माननीय गृहमंत्री जी का पूरे प्रदेश की जनता पलक पावड़े बिछा कर स्वागत करने के बाद, देखो जो भी जांच एजेंसी है वह कानून अपना काम करता है अगर कोई भी निष्पक्ष हो वो मीडिया एक बहुत बड़ा स्तम्भ है उसके सामने अपनी बेगुनाही बताए वो डरते क्यों हो? डरतेज इन दर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज दू ब सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन